नमस्कार लकीत भैया आज बात करने वाले अगर आपका दिन के नहीं होता जो मिथॉट मैं बताने वाला हूं दो तरीके आपको बताऊंगा इस वीडियो में और उस तरीके से अगर नहीं होता तो चैनल आप अनसब्सक्राइब कर देना मेरा खुद का चैनल आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना तो गाइस जो तरीका बताऊंगा ये एकदम बेजोड़ है मतलब इसका कोई भी जोड़ नहीं है और कोई भी आज तक शायद ऐसा नहीं बताया होगा जो तरीका बताने वाला और खुद मैं यूज करता हूँ लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा अपनी इसी वीडियो में देख लेना मेरे दूसरे वाले चैनल पे सब कुछ दिखा दिया हूं सब कुछ की कैसे मेरे दूसरे वाले चैनल ने ग्रो किया सारा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं शेयर कर रहा हूँ गाइस तो सात दिन के अंदर वन के सब्सक्राइबर गारंटी है समझ लो पांच दिन के अंदर ही हो सकते हैं अगर ये तरीका अपनाओगे तो गाइस और वीडियो भी आपकी बहुत चलना शुरू हो जाएगी तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं वहां पे दोनों तरीके आपको करके दिखाते हैं तो गैस हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के इसके पे यहाँ पे सारा कुछ करके दिखाएंगे गैस एक बात बता दें फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर आपका सात या दस दिन के अंदर आपके एक हजार सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते जो मैं तरीका बताने वाला हूँ तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो अनसब्सक्राइब कर सकते हो ओके गाइस लेकिन जो तरीका बताने वाला हूँ सेम ऐसे करना है आपको ध्यान से देखना है गाइस बहुत लोग हो सकता है कि किसी ने ऐसा बताया हो लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ ये सबसे हटके होने वाला है ओके गाइस करना क्या है पहली चीजें बताऊँगा पहला दो तरीका आपको बताऊँगा और दोनों तरीके एकदम जैनअन होंगे काइस ओके अब सबसे पहला और बेजोड़ तरीका जो सबसे ज्यादा बेजोड़ होगा ओके अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ पहले प्रूफ दिखा दें कि मेरी जो वीडियो है कितना ज्यादा सजेस्ट में जाती है ओके तो यहाँ पे हम आपको एक प्रूफ दिखाएंगे अपने एक वीडियो का किसी भी एक वीडियो का अपने प्रूफ दिखा रहे हैं हम आपको ठीक है तो यहाँ पे हम अपने चले जाते हैं मोस्ट पॉपुलर थोड़ा सा वीडियो में उसके बाद यहाँ पे हम आपको आ, सर्च यूट्यूब सर्च में इतना ज्यादा क्यों आती है ठीक है अभी देख पाओगे उन्नीस घंटों में चल रहा है मेरा इसका व्यूज ठीक है तो यहाँ पे देख पाओगे तो यहां पर हम जाते हैं उसके बाद यहाँ पे सर्च बार देखते हैं यहाँ पे साठ मिनट का सेलेक्ट करते हैं देख पाओगे बीस सर्च से व्यूज आ रहे हैं जबकि कितना उन्नीस अड़तालीस घंटे में और एक घंटे में यहां पे एक घंटे में समझ लो कम से कम नहीं तो आ, 800 सौ के आसपास आते हैं इस वीडियो मेंसेंट में, तो बीस, बीस परसेंट मतलब समझ लो, कम एक में यूट्यूब सर्च से आते हैं कैसे आते हैं यही आपको पहला ट्रिक में बताने वाला हूँ ठीक है जब मैं खुद यूज करता हूं अपने वीडियो में ठीक है करना क्या है जो ये मेरा मेन वाला चैनल था वैसे तो यहाँ पे जो अभी इस वीडियो पे देख रहे हो ये दूसरा चैनल है मेरा तो यहाँ पे गई सबको पहला जो करना है ये सर्च में कैसे लाना है बहुत ज़्यादा सर्च में और आपको पता होगा जिसके कम सब्सक्राइबर होते हैं उसका सर्च है जो सर्च से व्यूज़ आते हैं वही सब कुछ होता है ठीक है अगर वीडियो अच्छी होती है तो बहुत लोग लाइक सब्सक्राइब सब कर देते हैं ठीक है तो आपको करना क्या पहले तो आपको यूट्यूब सब्सक्राइब मतलब यूट्यूब को सर्च में लाना अपने हर वीडियो को सर्च में लाना कैसे लाना ये देख लो ठीक है एकदम बेजोड़ तरीका तो आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर आने के बाद मान लो यहाँ पर आ जाना और सर्च बार में अब आपको अगर बना हो कोई भी वीडियो बना रहे हो जैसे मान लो हाउ टू इंक्रीज ये यूट्यूब सब्सक्राइबर अब यहां पे आपको लिखना है हाउ टू इंक्रीज यू बस यू लिखना है यू आ, यू के बाद एक बार नीचे देख लेना तो यहाँ पे अगर कुछ ना नजर आया आपके टाइटल के जैसा मतलब जैसे यूटूब सब्सक्राइबर के लिए बना रहे हो तो कुछ ना नजर आया तो यहाँ पे टूब लिख देना टूब ठीक है तो यहाँ पे जैसे टूब लिखा आपने यहाँ पे देखो बहुत सारे टैग और टाइटल आपके सामने दिख गए अब गई साहब को करना है क्या है सिंपल ये पहला वाला जो दिख रहा है और दूसरा वाला जो दिख रहा है तीसरा वाला जितने भी है यहाँ पे ठीक है ये सारे आपको याद रखना जो आपसे आपके जो वीडियो है उससे मैच करता हो मतलब यूट्यूब सब्सक्राइबर के रहे हो तो जो वीडियो आपसे मैच करती हो जो टाइटल आपसे मैच करता हो आपके जो कंटेंट है जो आप बना रहे हो वीडियो जो मैच करता हो उसको यहां पे क्लिक कर लेना सिंपल क्लिक करने के बाद यहां पे आप उसको कॉपी कर लेना ठीक है यहाँ पे कॉपी कर लेना अब यहाँ पे ढेर सारे मिल गए आपको ठीक है और भी मिल गए तो यहाँ पे सबको आपको कॉपी कर लेना जो आपसे मैच कर रहे हैं ये हैक वाला मत करना नहीं तो आ, मतलब दिक्कत हो सकती है यूट्यूब की तरफ से सो ये वाला मत करना और यहाँ पे बाकी जितने भी मिल रहे हैं सब कर सकते हो आप ये तमिल वाला भी मत करना क्योंकि हिंदी में आप बना रहे हो तो तमिल मत करना और यहाँ पे ये वाला कर सकते हो जो जैसा आपका टॉपिक हो कुछ भी आप बना रहे हो कुक में कुछ बना रहे हो या फिर कुछ भी बना रहे हो जैसे मान लो टिकटॉक फॉलोअर कैसे बनाए तो पर लिखना है टिकटॉक फॉलोअर कैसे बढ़ाएं यहाँ पे देख पाओगे तो अपने आप आ चुका है बस इतना ही लिखना है आपको फुल टाइटल नहीं डालना है उसके बाद यहाँ पे जो मेन सर्च आता है जो मेन सर्च होता है ना जैसे ही अब सर्च करेगा आप कोई बंदा ये, ये आपको टाइटल में डालना है ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग दो तो तीनों में आपको ये चीज़ें डालनी है ठीक है ये सारा कॉपी कर लेना एक एक करके क्लिक करके सारा कॉपी करके और टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन ये तीनों जगह आपको डालनी है और टाइटल में याद रखना आप दो डालना बस यहाँ पर एक जो ऊपर आ रहा है उसको डाल देना और दूसरा यहां पे ये वाला डाल देना ठीक है ऐसे लगा देना एक लिखने के बाद ऐसे लगा देना ये वाला लगा देना ये लगाने के बाद आप दूसरा वाला यहाँ से फिर से क्लिक करके और दूसरा वाला यहाँ पे लिख देना टाइटल आपका बन जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी सेम ऐसे ढेर सारे ये जितने भी दिख रहे हैं आपको सब कॉपी करके लगा देना है समझ गए ये तो हो गया मान लो पहला अगर जो समझ गए होंगे वो समझ लो राजा हैं और यूट्यूब सर्च में बहुत ज़्यादा आने वाला है अगर इस तरीकों को आप यूज करते हो तो जो भी आप वीडियो बनाते हो वही सर्च करना जरूरी नहीं है यूट्यूब सब्सक्राइबर ही सर्च करके डालना आपको ठीक है समझ गए ना तो अब आपको करना क्या क्या अब यहाँ पर दूसरा तरीका जो हम बताने वाले हैं ये सबसे अलग और सबसे खास आज तक शायद किसी ने नहीं बताया होगा फेसबुक तो मैं भी यूज करता हूं कोई फायदा नहीं होता तो मैं बताऊंगा ध्यान से देखो पहले उसके बाद फेसबुक ऑन करना है यहां पर आपको लिखना है यूट्यूब सब्सक्राइबर यूट्यूब सब्सक्राइबर लिख के सर्च मार देना ठीक है जैसे आप सर्च मारोगे गाइस गा, यहाँ पे आपके ऊपर तो साइड में दिख रहा होगा आपको एक जो मेन पेज है मतलब एक ये वाला दिख रहा होगा ये वाला इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है तो यहाँ पे देख पाओ ये खुला रहता है हमेशा दो के मेंबर हैं सोचो पहले इतने ढाई लाख मेंबर है इसमें गाइस एकदम बवाल होने वाला है मतलब बवाल ही हो जाएगा और गाइस एक बात समझ लो कि ये लोग जल्दी लाइक नहीं करते आपके ये पोस्ट को जल्दी लाइक नहीं करते पता है क्यों क्योंकि यहाँ पे इनको सब्सक्राइबर होता तो यहां पे देखो ड्रॉप योर लिंक फास्ट सब, देन, सब मी। तो पे देख पाओगे कितने ज्यादा लोग लिंक यहां पे ड्रॉप कर दिए और सब इस बंदे को सब्सक्राइब कर दिए होंगे अगर इसने यहां पे लिंक डाली होती तो और इसका फायदा होता तो आपको करने अपने YouTube में जाना है सिंपल कोई भी वीडियो अपनी चूज करना है अपने YouTube में चले जाना है तो यहां पर मैं अपने यूट्यूब में जा रहा हूं तो कोई भी वीडियो मान लो चूज कर लेना यहां पर जैसे मैं इसमें चला जाता हूं अपनी पर्सनल वीडियो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको तो यहाँ पे मान लो ये तीन लाख पैंतीस हज़ार है मेरी एक वीडियो में तो यहाँ पे हम इसका यहाँ पे लिंक कॉपी कर लेंगे कोई भी लिंक कॉपी कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम लिंक ऐसे कॉपी करेंगे किसी भी वीडियो का अपने उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे ठीक है यहाँ आने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे यहाँ पर पहले लिंक हम पेस्ट पहले टाइप करेंगे गाइस यहाँ पर आई नीड वन सब्स सब फॉर सब सब फॉर सब करना आपको यूट्यूब अलाउ नहीं करता तो याद रखना यूट्यूब पर यह काम मत करना किसी के कमेंट बॉक्स में मत करा करो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है गाइस यहां पर आप बिल्कुल कर सकते हो कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला और क्योंकि पता ही नहीं चलेगा उसको सबसे बड़ी बात यह है ठीक है गाइस आपको करने के यहाँ पे, पे ये लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे दिल वगैरह कुछ भी अट्रैक्टेड लगा देना उसके बाद यहाँ पे लिंक अपने वीडियो का कॉपी कर देना पेस्ट कर देना ठीक है उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फिर पोस्ट कर देना सिंपल सिंपल पोस्ट जैसे ही करोगे गाई यहाँ पे देख पाओगे ये कितना प्यारा लग रहा है ठीक है अब यहाँ पे लोग आप ज्यादा से ज्यादा 10-20 मिनट में आपके कमेंट इतना ज्यादा आने लगेंगे ना आप भी सोचोगे क्या हो गया ये कैसे हो गया ये भाई एकदम मतलब बहुत ज्यादा व्यूज भी, भी बढ़ेंगे आपको और सब्सक्राइबर तो आपके समझ लो भाई सात दिन में क्या हमें लगता है पांच दिन में ही बढ़ जाएंगे और आपको हर वीडियो पे ऐसे करना है हर वीडियो का ऐसे करोगे तो मतलब बहुत ज्यादा फायदा होगा गैस बहुत ज्यादा गैस देख पाओगे यहां पे देखो अभी एक से एक मिनट भी नहीं हुआ और यहाँ पे कमेंट आना शुरू हो गई है मेरे इस वीडियो में मतलब यहाँ पे नीचे देख पाओगे तो ये सब सब और सब करने के लिए तैयार हो चुके हैं तो गैस एक मिनट तक देखना है वीडियो यहाँ पे लिखा गया है तो ऐसे टाइप से आप ढेर सारे गाइस कसम रहा एक मिनट में ही देख सकते हो कमेंट आना शुरू हो गई है तो ऐसे भर जाएगा परेशान मत होना बहुत ज्यादा आप खुश हो जाओगे मुझे पता है तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच गाइस लव यू